आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्ट्रीजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बेला मोगरा इन सब के नाम से एक सुंदर खुशबूदार औषधीय पौधे आप जानते होंगे औषधीय पौधे को आप जानते होंगे जैसमिनम सेम्बक उलिसी फैमिली का एक प्लांट है और कई सारे रोगों के निराकरण के लिए उपयोग में आता है मित्रों ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है इसके सुंदर वाइट कलर के फूल आप देख रहे होंगे इनको आप कलेक्ट कर लीजिए और इसका आप इन्फ्यूज़न तैयार कर लीजिए इन्फ्यूज़न तैयार करने का हम तरीका आपको पहले भी बता चुके हैं 200 मिलीलीटर गर्म पानी कर लीजिए और उसके अंदर तीस ग्राम इसके फूल इकट्ठे कर कर आपको डालने हैं और 20 से 30 ग्राम जब आप इसके फूल डाल देंगे और फिर आप बर्तन को ढक दीजिए डायरेक्ट बॉयलिंग आपको नहीं करनी है जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे छान कर आपको इसको उपयोग में लाना है और उसका पाँच से दस मिलीलीटर आप सेवन करेंगे दिन में दो से तीन बार कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे पहला ये क्या करता है साथियों पित्त का समन करने वाला होता है और पित्त के बढ़ने से अल्सर की अगर समस्या है उसको दूर करता है गैस्ट्रिक अल्सर और एसिड रिफ्लैक्स दोनों को ठीक करने वाला ये प्लांट होता है साथियों इसके अलावा इसका उपयोग डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेनटेन करता है और अगर आँखों में समस्या हो रेडनेस की समस्या हो तो आप वही इन्फ्यूज़न से दो से तीन ड्रॉप लेकर अच्छे से छाना हुआ होना चाहिए आप इसको आंखों में डाल सकते हैं आंखों की लालिमा दूर हो जाएगी आंखों में दर्द है वो दूर हो जाएगा किसी भी कारण से स्वेलिंग है वो दूर हो जाएगी आप देखेंगे कि आंखों का विज़न आंखों की जो देखने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है इस प्रकार से ये आंखों के लिए भी बहुत लाभदायक है पेट की बीमारियों के लिए लाभदायक है और इसके पत्र का उपयोग आप पेट के अंदर अगर विभिन्न प्रकार के वम्ब हैं उनको एक्सपैल करने के लिए कर सकते हैं इसके पत्र का काढ़ा बनाकर आपको सेवन करना होगा साथियों इसके पत्र के अंदर थोड़ा कड़वाहट होती है तो आप इसके अंदर तीन से चार पत्र का जब काढ़ा बना लेंगे तो उसमें स्वाद के अनुसार आप थोड़ा सा इसमें शहद मिलाकर सेवन कीजिए दिन में दो से तीन बार विभिन्न प्रकार के यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने वाला होता है हॉर्मोन्स मित्रों इसकी जड़ का उपयोग आप इसकी जड़ निकाल सकते हैं और जड़ का उपयोग स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है कई प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं रेडनेस की समस्या है या प्रोराइटिस की समस्या है सूरियस की समस्या है या किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको दूर करने के लिए आप इसकी जड़ को पेस्ट बनाकर अप्लाई कर दीजिए बहुत अच्छा ये कार्य करता है इसके सुंदर फूल और फूल के अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर मधुर जो खुशबू होती है उसको पेस्ट बनाकर अगर आप माथे पर लगाते हैं फूल का पेस्ट बनाकर माथे पर लगाते हैं तो माइग्रेन के पेन को चुटकियों में दूर कर देता है मित्रों ये मेरेकुलस कार्य करता है मैंने भी कई लोगों को इसको बताया और जब हमने देखा प्रैक्टिकली तो इतना फास्ट असर करता है कि बिलीव नहीं कर पाते हैं अनबिलीवेबल इसका इफ़ेक्ट होता है तो इसके फूल का पेस्ट बनाकर माथे पर आप लगाइए माइग्रेन के पेन को आसानी से दूर कर देता है और गर्मियों के कारण या फिर अभी इस मौसम में मई के मौसम में इतना स्ट्रोक हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है इसके कारण भी हेडेक की समस्या हो जाती है तो इसके फूल का पेस्ट बनाकर अगर आप माथे पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जो सर का दर्द है वो भी दूर हो जाता है माइग्रेन का दर्द हो वो ठीक हो जाता है हेडेक या चक्कर आने की समस्या हो वो इसके एरो के इन्लेसन के माध्यम से इसकी खुशबू को लेने के माध्यम से ही चक्कर आने की समस्या भी दूर हो जाती है तो वंडरफुल एरोमेटिक इसके अंदर पाए जाने वाले घटक होते हैं सेंसल ऑयल्स होता है तो वो शरीर के न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथ करते हुए शरीर के हार्मोन को रेगुलेट करता है और दिमाग को ठंडक देने का भी कार्य करता है और गर्मियों में अगर हैडक् वॉमिटिंग या चक्कर आने की अगर समस्या है तो उसको ये ठीक करता है आप देखिए किस प्रकार से ये रहा है और इसके सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे इसको कटिंग के माध्यम से आप अपने गमलों में लगा सकते हैं घरों के अंदर ही अपने एरोमा को अपनी फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करता है औषधीय गुणों के लिए बुखार के लिए सर में होने वाले चक्कर के लिए वोमिटिंग के लिए डायबिटीज़ के लिए स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं मित्रों गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या एसिड रिफ्लैक्स की समस्या वोम्स की समस्या सभी का मल्टीपर्पज़ ये प्लांट है आसानी से हमारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है माइग्रेन का पेन आजकल हम एंटीबायोटिक्स या पेन के माध्यम से कंट्रोल करते हैं जो कि बाद में हमारे लीवर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है किडनी के लिए फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम कोज़ करता है ऐसी अगर समस्याएँ हैं तो एक प्लांट और इतने सारे इसके औष गुण आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल सुबह साढ़े छः बजे फिर एक नई प्लान के साथ मिलेंगे आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार